देशभर में हिजाब को लेकर सियासत जारी है ऐसे में सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का हिजाब पहनने को लेकर बयान सामने आया है साध्वी ने कहा है देश में हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है हिजाब सिर्फ मदरसों तक सीमित रहना चाहिए वहीं कांग्रेस पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा के इस बयान की कड़ी निंदा की है अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली साध्वी ने एक हिजाब को लेकर बड़ा बयान दिया है साध्वी ने कहा कि देश में हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है जिन्हें हिजाब पहनना है वे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घरों में पहनें। हिजाब सिर्फ मदरसों तक सीमित रखना चाहिए। विद्यालय या महाविद्यालय के नियमों को तोड़ा तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि समुदाय विशेष में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है समुदाय विशेष में अपने ही घर की बहन और घर में शादी कर लेते हैं इसलिए उन्हें घरों में पहनने की जरूरत है हिंदू सनातन धर्म में स्त्रियों को पूजा होता है हिंदू धर्म में हिजाब नहीं पहना जाता जहाँ नारी का इतना श्रेष्ठ स्थान है वहाँ पर हिजाब पहनने की जरूरत है क्या उस देश में नहीं भारत में हिजाब पहनने की आवश्यकता नहीं है अरे हिजाब को तुम्हें घर में पहनना चाहिए हमारे घरों में तो सनातनियों के घरों में तो हिंदुओं के घरों में मां को पूजा जाता है और स्त्री की भी पूजा होती है परंतु जिनके घरों में बहन का नाता नहीं है जिनके घरों में बुआ की लड़की मौसी की लड़की हमारी लड़की पहले बाप के पिता की पहले बाप के पहली बीवी की लड़की हम सबसे शादी कर सकते तो हिजाब तुम्हें घर में पहनना चाहिए अरे बाहर निकल करके तुम सूरत दिखाओ या ना दिखाओ आप खूबसूरत है या बदसूरत है हमें क्या लेने देना लेकिन जहां हिजाब पहनना है वहां खिजाव लगा के रखेंगे और जहां खिजाव लगाना हिजाप पह पहन के रखेंगे भाई उल्टा करोगे तो गल उल्टा ही होगा हमारे गुरुकुल होते हैं हमारे होती है उसका एक नियम होता है उसका एक संयम होता है और उसका एक अनुशासन होता है हम गुरुकुल में जाते हैं गुरुकुल की वेशभूषा है जो वहाँ का अनुशासन है उस अनुशासन की हम मान्यता मानते हैं कहा गुरुकुल में लेकिन वही विद्यार्थी और विद्यार्थी जब जो स्कूल में जाते हैं विद्यालयों में जाते हैं सामान्य पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो क्या पहनते हैं वो जो इस स्कूल की जो वेशभूषा है उस वेशभूषा में रहते हैं तो जहां का जो अनुशासन है वहां वो अनुशासन अपनाइए आपके मदरसे होते हैं आप मदरसों में हिजाब लगाएं हिजाब लगाएं या कुछ और करें हमें क्या मतलब है आप बिल्कुल वहां अपनी वेशभूषा में रहिए वहां के अनुशासन में रहिए लेकिन आप अगर बाकी पूरे देश का जितने विद्यालय है महाविद्यालय है उनका अनुशासन बिगाड़ोगे और ज्ञान का अनुशासन बिगाड़ोगे ज्ञान में अगर हिजाब हिजाब ये चलाने लगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा हिजाब को लेकर साध्वी के बयान पर कांग्रेस ने इसे आड़े हाथों लिया है कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि साध्वी का यह बयान महिलाओं का अपमान है वो हमेशा उल बयान दे रही है भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए की इस पर भाजपा पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है अब भोपाल की भाजपा सांसद साधवी प्रज्ञा ठाकुर का एक और अजीबो गरीब बयान सामने आया वो कह रही हैं कि पर्दा उससे रखना चाहिए जिसकी कुदृष्टि से डर हो तो भारतीय संस्कृति में भारतीय परंपरा में भारतीय धर्म में कई धर्मों के अंदर महिलाएं पर्दा और घूट लेती हैं तो क्या वो किसी की कुदृष्टि से बचने के लिए लेती है तो अपने परिवारों में भी घूंघट और पर्दा लेती है सम्मान के तौर पर बड़े बुजुर्गों के सम्मान के तौर पर तो जिस हिसाब से साध्वी का प्रज्ञा ठाकुर जी का बयान है तो क्या उनके हिसाब से तो कुदृष्टि से बचने के लिए पर्दा लेना चाहिए तो यह तो उन महिलाओं का भी अपमान और उन बुजुर्गो की अपमान जिनके सम्मान के अंदर इस तरह का पर्दा और घूंघट लिया जाता है निश्चित तौर पर उन्होंने तो भारतीय परंपरा संस्कृति को ही चुनौती दे दी है हमेशा उलझुल बयान देना उनकी आदत बन चुकी है और हिजाब को लेकर भी वो बयान दे रही है एक तरफ भाजपा की सरकार कह रही कि हमने हिजाब पे कोई बैन नहीं लगाया है दूसरी तरफ प्रज्ञा ठाकुर का इस तरह बयान समझा जा सकता है कि भाजपा स्पष्ट करे कि या तो उनका नियंत्रण अपने नेताओं पे नहीं है या भाजपा धोरी पॉलिसी पे चल रही है हिजाब को लेकर उसका मत कुछ और, और सरकार कुछ और कहती है भारतीय जनता पार्टी को सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वो इस मामले में उसकी ठोस नीति क्या है और जिस तरह सा उनका बयान सामने आया है प्रज्ञा ठाकुर का जिस प्रकार की बोली उन्होंने किसी भी धर्म के बारे में इस्तेमाल कर या महिलाओं के बारे में इस्तेमाल की निश्चित तौर पर एक महिला होने के नाते उनको शोभा नहीं देता वो निश्चित तरह निश्चित तौर पर उन्होंने ऐसा कहकर उन महिलाओं का भी अपमान किया उसके लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए संगीत लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के पीड़ो ऐसी नक्सलवादियों के गढ़ झोपड़ी ऐसी महलों तक खेलों ऐसी मेलों तक पगडंडियों ऐसी सड़कों तक गाँव ऐसी शहरों तक